हेलो फ्रेंड्स ऑप्टिक आंचलन में आपका स्वागत है लैपटॉप और मोबाइल की स्किन कैसे बचाएं? इसमें आपको बताएंगे लॉकडाउन के दौरान रात भर लैपटॉप के सामने बैठकर काम करने से हमारी आँखों का बुरा असर पड़ने लगा नतीजा यह होता है कि आँख हर वक्त थकान से भरी दिखती है इस समय आँखों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि लगातार स्किन के सामने बैठने से आँखों में समस्या पैदा हो जाती है जब आप लोग कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर काम करते हैं तो उनसे निकलने वाली स्किन ब्राइटनेस जो ब्लू लाइट रेज रेटिना को अटैक करती है और आँखों का बहुत पूरा प्रभाव पड़ता है इससे बचने के लिए कुछ टिप जो बहुत कारगर साबित होती हैं, जैसे नंबर वन हथेली को आपस में रखने से जब वो गर्म हो जाएँ तो आँखों को बंद करके हथेली पलकों पर रखें ऐसा करने से का तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है थकान भी कम हो जाती है जैसा चित्र में दिखाया गया है एक मिनट के लिए आँखें बंद रखें टिप्स नंबर दो लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन को देखने से आंखों की थकान जल्दी होती है इससे बचने के लिए कुछ ब्रेक लेकर पलकों को ऊपर झपकाएं जोर से बंद करें फिर खोलें हो सके तो कुछ देर के लिए बैठ जाएं। जैसे कि चित्र की तरह आँखों को झपकाएं टियर फिल्म आंखों को सूखने ही देती टिप्स नंबर तीन आँखों के सामने पेंसिल को हाथ में पकड़ें पेंसिल अपनी नाक के सामने दोनों आँखों के बीच में होनी चाहिए अब ध्यान आप पेंसिल की नोक पर लगाएं इस अब इस पेंसिल को आप आँखों के सामने धीरे धीरे लाएं और दूर ले जाएं ऐसे दिन में कई बार करें इस प्रोसेस को चार बार करें जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है और कभी पंखे के सामने ना बैठे जिससे आंखें सूखें टिप्स नंबर चार आंखों की कुछ सेकेंड के लिए घड़ी की दिशा में घुमाएँ कुछ सेकंड के लिए, लिए आँखों को घड़ी की भी, भी दिशा में घुमाएं, साथ ही घुमाव के बाद आँखों को छपकाएँ टिप्स नंबर चार के अनुसार कि हर 20 मिनट के बाद आप अपनी आंखों पर खिंचाव को कम करने के लिए कम से कम 20 सेकंड के लिए बीस फीट की दूरी वस्तु को देखें इस चित्र में दिखाया गया है ट्वेंटी ट्वेंटी रूल टिप्स नंबर पाँच एंटेकुलर लेंस ये कंपूटन निकल वाली ब्लू रेजों को प्रोटेक्ट करते हैं और आँखों में डाइनेस की समस्या को ख़त्म करते हैं एंटीकलियर टेंस से आई विजन से स्ट्रेन नहीं होता ये अच्छे प्रोटेक्स करते हैं ब्लू कट से नंबर पाँच आई मास्क पहनने से आंखों में आंसू बनते हैं और रिलैक्स फील होता है डाइट में पीले फल हरी सब्जियां लें जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं और चमक भी बढ़ी रहती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें